हम ला चुके हैं बॉम अब ये सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि कल ये घटे नहीं थे ख़राब थे अब आज ये हम दुकानदार को हमने ये भी बोला कि भाई कल वाले ख़राब थे और आज हमने वहाँ फाड़ के भी देखे सही है तो आज हमने ये लिए हैं आज होंगे तीन क्रैंक वो तीन क्रेंक कौन से होंगे आप वीडियो में जुड़े रहें आपको पता लग जाएगा पहला तो आपने देख चुके ये बाकी के अगले प्रैंक के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी तो भाई वीडियो देखते रहो चैनल को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करना ताकि इसी तरीके की वीडियो आप तक बार बार पहुंच सके और तो चलो अब शुरू करेंगे इसका प्रैंक अभी ना तो गाइज अब आप, आपने हमारा ये वाला प्रेंक देखा होगा तो बम वाला जिसमें हम आ रहे थे तो अभी हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा था तो जब भी हमने खुद ही आ गए तो अब हमें कोई बंदा मिलेगा तो हम फिर दूसरा प्रेम स्टार्ट करेंगे अब मिलाने वाला कर अब हम प्रेम बनाएंगे तो आप देखेंगे अब प्रेम बनाएंगे हम मोबाइल वाला तो भाई इनको पता नहीं था कि हमने बम रखा हुआ ऐसी आ गए ये भी पूरे हिल गए दरअसल हम अपने घर की सौदा लेके आ रहे थे आपने देखा ही होगा, हमारा इतना झीला मोटर की बढ़नी होगी तो हम वही लेके आते हैं इन्होंने हमें पीछे से हिला दिया बताओ बताया भी नहीं अपने यूट्यूबर को ही अपने साथ बताया नहीं गाइस हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और जल्द से जल्द आप हमें आगे पहुँचाइए तो वही चलो चलते हैं दूसरे प्लेन की तरफ वही आजान हो रही हैं तो चलो अब चलते हैं अपने दूसरे क्रेम की तरफ तो भाई ये देखो ये भी ला चुके हैं नकली पड़े डेढ़ मारेंगे अब लेकिन बताएंगे नहीं तो रुको तो जरा मार के हम सीखर करो तो <laughs> अभी हम चुपे हुए ये देखे हमारे हाथ में कंकर अभी हम चुपे हैं मार के वो बाहर आएंगे देखने के कौन है बत्तमीज़ हमारे बच्चों ने बत्तमीज़ी कर दी फिर उसी देख लिया देगा ये ये लौंडा तो भाई ये प्लैन बड़ा ही खतरनाक था क्योंकि वो बहुत बक्ति है प्लेंट था तो भाई आ चुके हैं दुकान में बड़ा खतरे काम करा है हमने देखते भाई अब अब इनको बाद में तो हम बताएंगे नहीं तो बस अब चलेंगे तीसरे प्रैंक की ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ गई और ज्यादा बढ़ेगी ये अला बला बंद करेंगे हम चलो भाई चलेंगे तीसरे प्रैंक की जाने, तो प्रेंक, प्रेंक की जाने भाई इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप करे बिना देखेंगा और वीडियो तो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर कमेंट इतना ना भूलें बेल आइकन दवाएँ ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके तो चलो भाई अगली वीडियो अगला प्रियंक दोबारा से शुरू करो भाई ये परंक हम आपको तो पहले से ही बता देते हैं ये इस प्रियंक में होगा ये कि जो बंदा होगा ना वो सलाम करते करते जैसे हम सलाम करने आ रहे हैं हमारा पीछे हमारा बंदा एक पीछे भी खड़ा होगा सलाम करते करते बड़े से सलाम करते वो बच्चे से हाथ मिला देगा उसमें होगा ये अब पता नहीं पड़ेगा क्या रिएक्शन है तो भाई शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रैंक दोबारा से उलाते हैं अपने बंदे को दोबारा से अब करते हैं तीसरा प्रैंक फिर करेंगे वीडियो का एंड भाई तो हमारा ये बंदा इनके न्याज खीर खेरपूरी पे तो भाई हमारे यहाँ कल दिली थी इनकी यहाँ दिली तो भाई अभी ये जा रहे हैं देखो भाई ये उसी घर में देने जा रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है तो खैर वो इसको तो कुछ भी नहीं बोलेंगी और क्योंकि उनको पता ही नहीं है तो भाई बस यही होता है गली गली में भी हम और गेटों पे मार नहीं पाए क्योंकि बहुत तीसरा प्रेंक था आप लोगों के साथ ही तो भाई बस इस इस इसको यही एंड करते हैं तीसरा प्रेंग बना क्या था आप को लग रहा होगा कि अब आएगा तीसरा प्रिंक लेकिन वो फ्रेंक आपके साथ तक कोई प्रेंक नहीं आ रहा तो भाई वीडियो इधर ही एंड करते हैं यार दिल से सपोर्ट करो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेयर कमेंट करना ना भूलो बेल आइकन बेलाइकन देता हमारी आने वीडियो आने वाली वीडियो आप तक पहुंच तब तक के लिए गुड बाय अल्लाह